कृष्णा राधे राधे आप सभी को तप्त कंचने गौरंगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषु भानु सुथे देवी प्राणमामी हरि हरी प्रिय हरे कृष्णा आज मैं बहुत प्यारी स्टोरी लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर लीला है मेरे श्याम सुंदर की प्रिया जू के साथ यह स्टोरी कथा लीला वही समझ सकता है जो इस प्रेम में डूबा है तो हम लोग प्रयास करते हैं इसको समझने का कि अद्भुत प्रेम की लीला अनुभव करने का हरे कृष्णा राधे राधे निकुंज में शाम सुंदर कंगी कर रहे हैं राधे जी के, केश नीचे तक बिखरे हुए हैं ना जाने शाम सुंदर प्रियाजू को कंगी करने कब से लगे हैं। बहुत धीरे धीरे करते हैं एक हाथ ऊपर रखे हैं और दूसरी से कंगी धीरे से नीचे लाते हैं फिर श्यामा जू का मुख देखते हैं फिर कंगी करते हैं फिर मुख देखते हैं फिर कंगी करते हैं ललिता जी कहती हैं फिर कंगी करते हैं और फिर ललिता जी कहती हैं कितना समय लगा दिया यूँ तो कंगी करने में आपने साँझ हो जाएगी ऐसे तो मानते ही नहीं हैं किसी की सुनते ही नहीं है इतने में श्याम सुंदर कहते हैं मैं ही करूँगा मुझे आती है कंगी करना ललिता मैं ही करूँगा ललिता जू आ गए हैं ये एक कंगी कर झुक कर मुख देखते हैं और यूं तो लगा दी इन्होंने कंगी करनी शाम तक कभी मुख देखते हैं कभी कंघी करते हैं कभी मुख देखते हैं कभी कंघी करते हैं ललिता जू वह स्वयं करना चाहती है वो ये सेवा खुद लेना चाहती हैं श्याम सुंदर के हाथ से ललिता ललिताजू को लग रहा है कि कहीं ये दोनों सुध ना खो बैठे क्यों क्योंकि प्रेम ही इतना अद्भुत है दोनों का इनको तो सुध ही नहीं है बार बार श्याम सुंदर कभी मुख देखते हैं कंघे करते हैं मुख देखते हैं कंगे करते हैं पर हमारी राधे भी तो कम नहीं हैं ये देखो यह सब देख भी कैसे मुस्कुरा रही हैं उनकी मुस् खिलती हुई मुस्कान ललिता जी को रोक रही है कि जो शाम सुंदर कर रहे हैं उनको कर लेने दे तो रुक जा कौन कर रही है जो उनकी हल्की सी मुस्कान है वो रोक रही है ललिता जी को सब यूं ही सखियाँ बैठी पड़ी हैं राधे जी के पास के शाम सुंदर कंगी कर रहे हैं ललिता जी उपाय सोच रही हैं बैठी बैठी कि अब शाम सुंदर से कंगी करना कैसे हटाएं उनको कंगी करने से कैसे हटाएं फिर एक सखी संकेत करती है सब संकेत से समझ गई कि ललिता जू कुछ कहना चाहती हैं संकेत से संकेत में ललिता ललिताजू ने कहा शरबत बनाने को क्या कहा शरबत बनाने को कहा ललिता ललिताजू ने सब सखियां बनाने में जुटी गईं शरबत लो बन भी गया सखी पहुंची ललिता ललिताजू के पास बहाना मिल गया क्या बहाना मिल गया बहाना मिल गया ललिता जी बोली अब रा शाम सुंदर हट जाएंगे कंघी करने के लिए तो ललिता जी ने बोली राधे देखो ना कितनी गर्मी हो रही है पहले कि तुम दोनों शरबत पी लो चलो शाम सुंदर तुम भी पी लो लो राधे को तुम ही स्वयं ही पिला दो शाम सुंदर से कहा ललिताजू ने कि लो राधे को तुम ही पिला दो ललिताजू सखियाँ धीरे से, से बोलती हैं ललिता जी से सखियाँ धीरे से बोलती हैं ये हमारी प्यारी राधे जी की सेवा का लोभी है लोभी कहते हैं ना जो लोभ करता है किसी चीज़ का तो ये हमारी राधे जी की सेवा का लोभी है सखियाँ धीरे से बोली ललिता जी के जाल में फंस गया कौन हमारे श्याम सुंदर ललिता जी के जाल में फंस गया श्याम सुंदर कंगी भुला चले शरवत बुलाने हमारे राधे जी को मौका देखो ललिता जी वह एक सखी से कह गई कहने लगी इशारों से कि कंगी कर तू कर कंगी अब क्योंकि शाम सुंदर तो कोई शरबत पिलाने और ललिता ललिताजू दोनों पर ध्यान रख रही है किस पर श्याम सुंदर और राधे जी पर दोनों पर ध्यान रख रही है कि कहीं कंगी होने से पहले इनका ध्यान ना पहुंचाए ललिता ललिताजू बोली तुम भी तो पियो शाम सुंदर श्याम सुंदर बोले कि मैं राधेजू को पिला पिलाऊंगा तो ही मैं पीऊँगा तो फिर मेरे को भी तो राधेजू पिलाएंगी है ना ललिते हमारी ललिता जिसे श्याम सुंदर ने कहा कि राधे को मैं पिलाऊंगा तो राधे भी तो मेरे को पिलाएंगी ना राधे ने इतने में गिलास उठाकर और मुख से मुख पर लगा दिया किसके श्याम सुंदर के कि लो पियो पर हमारे श्याम तो पी ही नहीं हैं पी ही नहीं रहे हैं राधे जू को देख रहे हैं इतनी मिल बोली चलो वेणी भी बन गई वेड़ी कहते हैं छुटिया को वेणी भी बन गई ये बन ऐसे बनती है वेड़ी वेणी कुछ समझे कि वेड़ी कैसे बनती है ऐसे बनती है अब नाटक ना करो शरबत पी लो हम सब जानती हैं इन श्याम सुंदर का मुख देखो हाय कैसे मासूम लग रहे हैं सेवा छिन जाने पर रात श्याम सुंदर ने जैसे ही सुना कि कंगी बन गई मतलब बेड़ी बन गई तो वैसे ही उनका मुंह नाटक करने लगे अपना मुंह उदास सा बना लिया और वो ललिता जी और सखियाँ बोलती हैं हाय कैसे मासूम लग रहे हैं सेवा छिन जाने पर राधे जी बोली इनके गालों पर हाथ रखकर हमारे श्याम सुंदर के गालों पर हाथ रखकर राधे जी बोली ओ श्याम सुंदर तुम कल कर लेना कंगी श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाते हैं क्यों क्योंकि उन्हें फिर से लोभ मिल गया कलकंगी करने का ये लीला इतनी प्यारी लगती है ना मेरे को मैं बार बार इसका स्मरण करती हूँ और अपना चित्र को शुद्ध करती हूँ अगर आपको भी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताना जय जय श्याम सुंदर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरे कृष्णा